क्षेत्र की रणभूमि है कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया तो अर्जुन ने आचार्यों को पितामहों को गुरुओं को ताऊ और चचाओं को भाइयों को भतीजों को मामू और साले ससुरों को देखकर अपना धनुष धनुष्पा नीचे रख के स्पष्ट घोषणा कर दी हे केशव मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा भगवान ने समझाया कि देख लाखों लोगों की उपस्थिति में तेरी इस घोषणा से तेरी कितनी अपकीर्ति नहीं होगी और वह अपकीर्ति मृत्यु से कम नहीं होगी किंतु अर्जुन ने एक नहीं सुनी तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही हमारे सामने श्रीमद भगवत गीता के रूप में है समझाना शुरू किया कर्म योग कर्म सन्यास योग आत्म संयम योग और ज्ञान विज्ञान योग समझाते समझाते यहां पहुंचे कि अर्जुन चीटी से हाथी पर्यत भिखारी से इंद्र पर्यंत नर मानव राक्षस देव ब्रह्मा विष्णु और रुद्र पर्यत संसार में जो वस्तु है उन सब का जन्मदाता मैं हूं तुम संसार में जो प्रभावशाली वस्तु देख रहे हो उन सब के पीछे मेरा ही प्रकाश मेरा ही स्वरूप काम कर रहा है तब अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या आप इस विभूति योग को विस्तार से समझाएंगे कि आज भी आप कहां कहां विशेष रूप से विद्यमान हैं इसी का नाम है विभूति योग आइए हम सुनते हैं यहाँ भी मैं हूँ भारत वहां भी मैं हूँ भारत इधर भी मैं हूँ भारत उधर भी मैं हूँ भारत यहाँ भी हूँ भारत इधर भी हूँ भारत उधर भी उधर भी यहाँ भी धर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की इतनी नजर देखो बताओ बतिला विभूति योग को विस्तार से हेता समझाओ कहते हो के युग युग में तुम्ही अवतार लेते हो अनेकों रूप में आकर कर्म उपदेश देते हो और फिर ये भी कहते हो सबकी तुम हो पृथ्वी जल अग्नि वायु और यह आसमा तुम हो मैं तो समझा सका अपना मगर तुम सबके स्वामी हो तुम्हारा वास कण कण में और तुम अंतरिया में हो और तुम अंतरिया में हो यहाँ भी तुम हो केशव वहाँ भी तुम हो केशव, इधर भी तुम हो केशव, उधर भी तुम हो केशव, यहाँ भी तुम हो केशव, वो भी तुम हो केशव, इधर भी तुम हो केशव उधर भी तुम हो केशव यहाँ भी तुम वहाँ भी तुम किधर भी तुम उधर भी तुम जिधर देखूं, किधर देखूं, प्रेम की इक नजर देखूं, बताओ नाम कुछ ऐसे अब भी जहां तुम मुकेश तुम मुकेश मुकेश उधर भी तुम मुकेश उधर भी तुम हो शल ये यथार्थ ही सुना तुमने तो मैं सबको जानता हूँ सब मगर नहीं जानते मुझको मैं सबके साथ रहता हूँ नहीं पहचानते मुझको जैसे एक सूरज है हजारों घट में पानी है छवि सूरज की जैसी घट घट में समानी है घड़े जब टूट जाएंगे वो सूरज ना रहे उनमें सूरज एक था अब एक है फिर ना दिखे उनमें वो फिर ना दिखे उन भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की इक नजर देखो बताओ वो सब कुछ जान लो तुम भी मैं क्या हूँ और कैसा हूँ मुझे पहचान लो तुम भी सप्त ऋषि और सन का बच्चौदा मनु कितने जगत में उनकी ही संतान है ये जीव जितने हैं सभी का बीज में हूँ का कर्ता भी मैं ही हूँ सभी को जन्म देता पालता हरता भी मैं ही हूँ जो मुझको जानने वाले हैं मेरा ध्यान करते हैं अमर होते हैं फिर नहीं जन्म लेते हैं न मरते हैं जन्म लेते न मरते भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की इक नजर देखो बताओ परम्पार कितना है क्या तुम देख पाओगे कि ये विस्तार कितना है अदिति के द्वादश पुत्रों में जो विष्णु है वो मैं ही हूँ ज्योति किरणों में तेजो मैं जो सूरज है वो मैं ही हूँ मर्द गुन चास उनकी मरिटी आत्मा में हूँ नक्षत्रों में सभी का अधिपति वो चंद्रमा में हूँ मैं हिसावेद वेदों में देवों में इंद्र भी मैं हूँ चेतना जीवों में और इंद्रियों में मन भी तो मैं हूँ ये मन भी तो मैं भी मैं वहाँ भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो, देखो ज्ञान की इक नजर देखो बताओ वो नहीं लगासी जहान ही में उधर भी मैं हूँ यक्ष निश्चर भी मैं ही हूँ जो हैं बलभान अष्ट में वो अग्नि भी मैं ही हूँ शिखर वालों में तू ये जान सुमेरुर्द भी मैं ही हूँ देवों के जो पुरोहित हैं बृहस्पति जान तू मुझको सेनापतियों में मैं ही स्कंद हूँ जान तू मुझको महर्षियों में भृगु में हूँ ओंकार हूँ अक्षरों में सभी यज्ञों में जब भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की इक नजर देखो बताओ पीपल पेड़ वृक्षों में देव ऋषियों में नारद हूँ गंधर्वों में चित्तरथ हूँ मुनियों में कपिल मुनि हूँ उच्च शवाहू घोड़ों में ऐरावत हाथियों में हूँ नरों में नर श्रेष्ठ राजा भी मैं सब प्राणी शस्त्रों में वज्र में हूँ कामधेनु धैनू हूँ गाँवों में मैं हूँ संतान है तू काम वासुकी हूँ मैं सर्पों में नागों में शेष नाग में हूँ वरुण में जलचरों में हूँ अरयमा पितृ भी यमराज में सब शासकों में हूँ मैं सब में सास को मेर हूँ यहां भी मैं वहां भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की एक नजर देखो, बताओ गिनती में समय में हूँ मैं हूँ मृगराज पशुओं में पक्षियों में गरुड़ में हूँ करे पावन हवा में हूँ राम दशरथ का प्यारा में मछलियों में मगर मच हूँ और गंगा की धारा में सृष्टियों का अंत और मध्य और फिर आदि भी में विद्याओं में ब्रह्म विद्या विवाद वी में आ अक्षर हूँ अक्षरों में द्वंद हूँ मैं समासों में काल का महाकाल मैं हूँ रहता हूँ मैं में रहता हूँ मैं श्वसोम भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की इक नजर देखो बताओ वो जगह नहीं मैं भारत, लगासी जहान में भर इधर भी ने दीदी भी के जन्म का एक हैतु तो ही मैं हूँ नारियां हैं जो देवों की श्रीवात स्मृति मैं हूँ मेधा नारी धीति क्षमा और शुभ की रीति हूँ गायन करने की श्रुतियों में रूप है ब्रह मेरा और छदों में गायत्री छ सबसे श्रेष्ठ नाम मेरा महीनों में अति उत्तम मार्ग शीर्ष भी मैं हूँ ऋतुओं में बसंत की ऋतु और कुसुमाकर भी मैं हूँ ऋतु कुसुमाकर भी मैं हूँ यहाँ भी मैं वहाँ भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की इक नजर देखो बताओ और जल की विद्या में जुआ भी तो मैं ही हूँ जीतने वालों के अंदर की इच्छा भी तो मैं ही हूँ जो है प्रभावशाली उनमें भी प्रभाव मैं ही हूँ निश्चयवान पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूँ कृष्णी वंशियों में कृष्ण या वसुदेव में ही हूँ पांडव कुल में है अर्जुन जो तू है वो भी मैं ही हूँ कवियों में हूँ शुक्राचार्य कविता के प्रणीता जो मुनियों में हूँ वेद व्यास वेदों के रचयिता जो वेदों के रचयिता जो वहां भी मैं वहाँ भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की एक नजर देखो बताओ नीतिवानों की नीति हूँ गुप्त में मौन भी मैं हूँ ज्ञानवानों की शक्ति हूँ मैं ही सृष्टि का बीजकार कारण व पालन हार ही हूँ जो कांति युक्त पदार्थ है तो रचनाकार मैं ही हूँ मेरी लीला कहे भारत पारा बार नहीं को एक सा आकार नहीं तो अंधेरे में ये जग सारा ही दिन रात भटकता है मेरे इकरों में तू देख कुल ब्रहांड लटकता है कुल ब्रहांड लटकता है भी इधर कहा भी मैं इधर भी मैं उधर भी मैं जिधर देखो किधर देखो ज्ञान की एक नजर देखो बताओ वो महावी तुम मुकेश इधर भी तुम बकेश उधर भी तुम मकेश यहाँ भी मैं मुबारक महावी है मुबारक इधर भी भैर मुबारक उधर भी है मुबारक यहाँ भी तुम मकेश मदर बीत मुकेश इतर भी तुम मकेश भी तुम